तेरी पायल ने मचा दिया सो, तो गोरी देख दिले धड़के तेरी पायल ने... करती चूड़ी तनगा आती है शरमाती तेरी नजरों ने कर दिया देखूं तो ओट, देखूं तो ओट, ओ गोरी देख दिल के तेरी पायल ने मचा मेरा तुझको कूं आती जाती तू तुझे भर लूँ बा मैं कि भर लूँ बा मैं